चलो अभी गायबल खाबल रास्ते पर जा रहे हैं वो वाले अभी वीडियो क्यों बंद किया था क्योंकि एक और बार और बार कोई आया ऐसा ऐसा पता नहीं कौन था फिर अभी शुरू किया है अब देखो खाली वीडियो देखो ये तीसरा पाता है, है गाय बहुत देरी करती है ना अभी आगे जा रहे हैं पता नहीं मामा का घर है ही कहाँ पे अब पापा फिर से उबर खाबर रास्ते पे लेकर आ गए देखो देखो देखो अब पहले भी और अभी भी नो, नो, नो, भी अभी, हाँ, अभी अभी अभी अभी भी ना ना ना नहीं। नहीं आगे से रास्ता है ये, ये अभी मम्मी ने घुसा दिया मेरे को जंगल में के और अभी हम लोग जा रहे थे मामा के पास और घुसा दिए जंगल में और पेट्रोल बहुत कम है करे तो करे क्या यही नहीं समझ में आ रहा है गाइस, तो गाड़ी चल रहा है।, ने। तो रहा है। हम लोग ने ना वाली गाड़ी देखी थी बहुत मस्त थी वो माल गाड़ी थी बहुत बड़ी गाड़ी और अभी जा रहे पापा के पास अरे भाई अब रात मैं आपको सुधरा आप लोग सोच रहे हो यार गाड़ी देखो और अभी गाड़ी गास, तो बहुत तो बढ़ गया रास्ते में आ गया कैसे गए पापा तो हेवी ड्राइवर बढ़ने लगा है और आगे जा रहे यहाँ पे देखो चारा है हर गाए गाए और वहा पे देखो कुछ सूख है चारा यहाँ पे पूरा खेत है यहाँ पे सब लोग आते और यहाँ पे जिसका आपको बात बना के दिखा है और अभी यहाँ पे तो जा रहे सामने सामने वहाँ पे गेट है अब गेट फाइनली yeah, yeah, yeah, yeah! तो गाइस एक घर है छोटा सा बहुत है और देखो रोड आ गया। ये अब अब जाएंगे नस्त जगह से और अभी आगे जा रहे से जाएंगे अभी ये वाले रास्ते में करना आगे, आगे। मामा का घर मैं तो कभी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 देखो देखो देखो अब पहले भी और अभी भी ना ना ना अभी नहीं अभी हाँ, अभी अभी नहीं फसाये आगे से रास्ता है ये! आ रहा। हम लोग गिर गए हम लोग गिर गए बच गए बच बच गए गए बहुत बड़ा गड्ढा है बहुत कट्ट आज का ब्लॉग, बेल लाइक एंड चलते हैं आगे के रास्ते में। में नीचे चलो। अभी मैं सीने बहुत जोर से पता नहीं क्या है आज कल तीन बार गिरा ला पकड़ दो अरे गाइस अभी जा रहे हैं और आगे मैंने क्यों मतलब उनको पापा पापा को पकड़ दे ही रहे थे और दिए बाइक अब अब, अब अब अच्छे से चला आगे मेरे मामा का घर है और यहाँ पे तो देखो घर बन रहा है एक अच्छा सा वहाँ पे भी बहुत खाने खा है अरे पे आगे पूरा पूरा गया ना मैं आग बन करके क्यों चल रहा आपको है बहुत है बहुत धूप और खेत खेत पापा फाइनली लिया आता है बात अभी बाद में बात करते है बाय ब्लॉग हेलो गाइस मैं और अभी आ हम लोग के और अभी हम लोग आ गए गए हम हम लोग लोग के के घर पे पे छत फाइनली और और और और आप देख रहे हो टीएस और कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक बेल दबा ये देखो कपड़े सूख ले और जा, मामी से मिल रहे थे मामी गई है शादी में और जीते देखो कितने दे सारे बकरी है है। और वहा देखो पापा इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं गाउ, भी है पे पे पूरा यहाँ पे झंडा लगाया था पता नहीं क्या कर दिया किसी ने चलो ये देखो ये मेरी भैन आ जाओ पूजा यहाँ पे पूजा कर और यहाँ पे टंके तो तो हम लोग भाग भी सकते यहाँ पे स्विमिंग पूल स्विमिंग पुल बना लो अच्छा रहेगा में मस्त मजा आएगा नहाने का जाके और यहाँ पे और एक घर बन जाए इतना बड़ा का और यहाँ पे नीचे और खेत है हा यहाँ पे केले का छाड़ा मैं अभी केले नहीं आये मेरे को केले खाने का मन करना है चलो देखते हैं केले देखा मेरे को नीचे जाना पड़ेगा चलो आओ गई यहाँ पे बैठने का भी है मस्त था नीचे अब नीचे फिश टैग दिखाते और ऊपर बहुत मस्त लग रहा है आके ये पता नहीं आप रावण पापा आगे चलो, चलो गाइस अभी हम लोग लो निकलते है और यहाँ पे बहुत मस्त है ये देखो पूरा लाची दिख रहा है वहां पर दिखाओ धुआ निकल रहा है वहां से धुआं निकल रहा है पता नहीं कौन निकाल रहा निकल अरे पागल रुक रुक रुक तू रुक जा, पापा के पास के पास आके रुक गई और देखो ये पूरा पता नहीं क्या है शाह पूरा ये फिर रहा है कपड़ा दोबारा हम ब्लॉग मैंने सॉरी एंड कर दिया अभी तो हम लोग घर से निकले हम लोग भी बना कर दिया तो लगता है होगा भी भी मैं घर पे नहीं आए। और ये, ये ही वाले रास्ते से हम आए थे और वहाँ से गिर गए और आगे पूरा रांची लिख रहा है भाई आने में आधा पेट्रोल खत्म हो गया कल कल मैंने बनाया था, था मायो देता पार्क में और वो बहुत था और पे जाने के लिए हम लोग को बहुत देर लग गई दे थी और आज आगे आगे थोड़े बाद बेंगाल भी आ जाता और बेंगाल के बाद नागपुर इसके लिए चले तो जाते पर बैग बैग नहीं था ना खाली ऐसे ही आ गए राइस चलो चलो नीचे चल नीचे नीचे बहुत बहुत है है एक चीज वो मम्मी भी आ गई मामा पे मेरे मामा तो आ गए मामी नहीं आई मामा आ गए मामी नहीं आई यहाँ पे एक हजार लीटर का टंकी है किसी ने सच्ची ना होगी और यहाँ पे नीचे पूरा कुछ बन रहा है दिखाओ ना नीचे पे, पता नहीं क्या बनेगा तो नहीं मालूम घर बनेगा वहाँ पे भी एक घर बन रहा है और ये भी एक घर बन रहा है वहाँ पे भी वहाँ पे भी वहाँ पे भी घर बतने सारे घर अभी बनेगा ना नाची चिमड़े पूरा राज्य स्थिति घरों से ही चलो अब नीचे चलते। पापा नीचे चलो ना गई यहाँ पे तो प्लेन बनाने में बहुत बहुत मजा आएगा प्लेन बना चलो गाइस आज का ब्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब